शांताकारुजगशयनम पद्मनाभम सुशम विस्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगी ध्यान गम्य वंदे विष्णुवयहर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 होगा शाम को पर नक्षत्र नक्षत्र रहेगा रहेगा इसके उपरांत और अंतिम जो रहेगा, ये रहेगा पूर्व फाल्गुन नक्षत्र करण रहेगा तैसिल इसके उपरांत गर्भ इसके उपरांत वरिष्ठ करण रहेगा योग रहेगा सिद्धि इसके उपरांत साध इसके उपरांत शुभ योग रहेगा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 कोई वृषभ राशि के जात आज अचानक से आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे और उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे जीवनसाथी आपके विचारों से आज सहमत नहीं होंगे आज आपका रिश्ता कुल मिलाकर के संदेहास्पद चलेगा एक दूसरे के बीच बाद डेली रूटीन में आज आप कुछ बदलाव करेंगे किसी पुराने कामकाज से आज आपको लाभ हो सकता है कई योजनाएँ आज समय से पहले ही आपकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा कार्यक्षेत्र में आज आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी से आज आप बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज पुरुष सूत्र का पाठ करिए और गायत्री मंत्र का इक्कीस बार जाप करिए सब कुछ बेहतर होगा शुभ पल रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वही मिथुन राशि के जातकों आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रहेगा माता पिता अपने बच्चों को खूब सारा प्यार देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है आज आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा साथ ही संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज तरक्की मिलने के तमाम रास्ते नजर आएंगे योग बन आज दोस्तों के साथ मिलकर के आप कहीं पर बाहर जा सकते हैं जीवन आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे कुल मिलाकर के दिन आज का बढ़िया रहने वाला है धर्म स्थान पर चने की दाल और गुड़ का दान करिए किसी गाय को आज आप छः केले जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा कैंसर कर्क राशि के जात को तो आज शाम पर आपके यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान या आयोजन हो सकता है आज किसी बात को लेकर के आप गलत फहमली में पड़ सकते हैं बिजनेस कठिन दौर में चल रहा है तो कोशिश कीजिएगा नए डिसीजन मत लीजिएगा कोई नया इन्वेस्ट बिजनेस में मत करिएगा किसी मसले में राय देने से जो है बेहतर आप पहले से विचार कर सकते हैं किसी काम में भाग दौड़ के आज आपको थोड़ी बहुत थकान महसूस रहेगी आराम की जरूरत रहेगी संतान के साथ विवाद होने की संभावना आज बन रही है लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध आपके ठीक रहेंगे ऑफिस का माहौल मा रहेगा अच्छा रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग पक्षियों को बाजरा जरूर डालिए और यज्ञ पवित्र का जो है आपको दान करना रहेगा धर्म धर्म स्थान पर शुभ कलर आपके लिए पीला रहेगा शुभ अंग आपके लिए नौ रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण पश्चिम सिंह राशि कैसा रहेगा आज का दिन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 विष्णु साहित नाम का पाठ करिए और भगवान भास्कर को जलार्पण करिएगा आज आज सफल होते हुए आएंगे कला या किसी रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा वैवाहिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेगी कुछ नए दोस्त बनने की संभावना रहेगी कुछ अच्छे मौके देगा आपको उनका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए हेल्थ के मामले में आज आप फिट रहेंगे ऑफिस में आज आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा सीनियर्स आपकी योजना से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे आपको बिजनेस में मुनाफा होगा कोशिश कीजिएगा कि आज केले के, के पेड़ में आपको जल में हल्दी और चने की दाल डाल के जलार्पण करना होगा और ओम नमो भगवते वासु का एक बार जाप करिए सफलता आपके कदम छुभेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा तुला राशि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 आपको बोलने से बचना चाहिए कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराइए और यदि हो सके तो गाय को बेसन के लड्डू जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वही वृश्चिक राशि आज आपका आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत रहेगा भाई बहन आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम समय रहते पूरा होगा आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा आज आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे कुछ लोग आज आपके लिए खास साबित होंगे आज खुद को साबित करने का दिन है बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है इससे आपको लाभ मिलेगा फायदा मिलेगा कोशिश कीजिएगा कि अपने गुरु को आज आप प्रणाम करिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज मीठा अधिक से अधिक मत खाइए तो बेहतर रहेगा आपके लिए जो है उपाय के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि आज भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग लगा करके तब आप घर से बाहर निकलिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साफ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा धनु राशि तो आज आय के नए नए स्रोत आपके सामने आएंगे ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतरीन तरीके से पूरा होगा जीवन साथी आज आपकी काफ़ी तारीफ करेंगे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी शाम को घर पर मेहमानों के आने से घर के माहौल में परिवर्तन आएगा कोई नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत आज के दिन हो सकती है आज कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा सेहत के मामले में दिन अच्छा नहीं रहने वाला है तो सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि गाय को आज आप रोटी जब खिलाइएगा तो उसमें चने की दाल और थोड़ी सी बीसी हल्दी रख दीजिएगा उसके बाद गौ माता को रोटी खिलाइए इससे आपके धन में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा कैप्टिकॉर्न मकर राशि क्या कुछ कहते हैं आज के सितारे लेकिन दर्शकों 19 बीस अक्टूबर दिल्ली आ रहे हैं यदि आप हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इतने मेहनत से राशिफल बनाते हैं तो हमारे इस राशिफल को लाइक कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी आप लोग लाइक और हमें फॉलो ज़रूर करिए तो मकर राशि के जात आज आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकती है जो है आज काम का बोझ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा प्रातःकाल से यात्राओं का योग बना हुआ है लंबी दूरी की यात्राएँ होंगे है घुटलों से, से जुड़ी हुई कुछ परेशानी हो सकती है कुल मिलाकर के आज आपका दिन मिला जुला रहेगा कोशिश कीजिएगा की भगवान विष्णु जी को आज आप लोग मुनक्के का और चने का भोग आप लोग जरूर लगाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करिए पारिवारिक जीवन भी आपका आज आपका अच्छा रहेगा धन लाभ भी आज आपको होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा अच्छे शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा एक्वाइट्स यहाँ कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को देखिए आज आपको कारोबार में नए मौके मिलेंगे कार्यों में आज आपका मन लगेगा राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी परिवार में धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी घरेलू काम को निपटाने में आज आप सफल रहेंगे सही योजना के तहत आज आप अपने कैरियर में बदलाव लाएंगे आज आपका कोई ज़रूरी काम पूरा होगा सेहत के मामले में आज आप खुद को फिट महसूस रखेंगे नौकरी पेशा लोगों को आज मन का हर ट्रांसफर मिलेगा जरूरतमंदों को आज कोशिश कीजिएगा कि भोजन कराइए और सांस को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए और यदि हो सके तो विष्णु सहित का पाठ आज आप लोग स्वयं करिए अथवा किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाइए या आज आप इसको यूट्यूब पर या अप म्यूजिक अपने म्यूजिक सिस्टम में लगा करके सुन सकते हैं सुनने से भी देखिए दर्शकों भक्ति होती भक्ति के कई रूप हैं ब्राउन कलर उम राशि के जातकों का शुभ होगा शुभ अंग रहेगा नौ शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि तो मीन राशि के जातकों आज का दिन किसी महत्वपूर्ण काम के लिए शुभ रहेगा आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ आ, कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं आपके अच्छे अनुभव के से, आज साथ आपसे कुछ सलाह लेंगे आज आपको जो है कुछ प्रसन्नता महसूस होगी आज पर मेहमानों का आगमन होगा आज जो छुट्टी पे जाने वाले हैं जो तो लंबी आज छुट्टी पर आप लोग जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ आज, आज आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं व्यापार के सिलसिले में आज यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कुल मिलाकर के बृहस्पतवार के दिन की यदि हम बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी और ये जो यात्राएं रहेगी ये आपके लिए मंगलमय रहेगी लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने सामान का ध्यान रखिएगा चोरी होने का भय भी है यदि आप अविवाहित हैं तो किसी से आज आपका प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है बहुत हद तक कि यही प्रेम संबंध आगे जा करके विवाह के रिश्ते में भी परिणित हो कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में शहद की शीशी का दान करिएगा और भगवान भोलेनाथ पर आज आपको जल में हल्दी डाल करके अर्पण करना रहेगा चाहना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा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 ओं नमो भगवते वासुदेवाय